हेलो दोस्तों तो, तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका सभी का आज की खबर यह है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के मतभेद एक बार फिर खुलकर सामने आए हैं अशोक गहलोत ने गुरुवार 24 नवंबर को दिन में सचिन पायलट की आलोचना करते हुए उन्हें गद्दार करार दिया था अब सचिन पायलट ने उन अशोक गहलोत को इस तरह का बचकाना बयान न देने की सलाह दी सचिन पायलट ने कहा कि ये सारे आरोप निराधार हैं अशोक गहलोत ने पहले भी मुझे गद्दार तथा कई अन्य शब्द यूज किए मेरे बारे में अशोक गहलोत अनुभवी नेता है उन्हें सलाह कौन देता है वे इस तरह का बचकाना बयान न दे पूर्व डिप्टी सीएम एम ने आगे कहा कि अशोक गहलोत के रहते पार्टी दो बार चुनाव हारी है उन्हें इतना अंज असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए ठीक है फिर गहलोत पायलट मतभेद पर कांग्रेस ने जारी किया बयान तो अब सुनिए कि मित्रों गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा के बीच में सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका बाड्रा से तस्वीर ली गई सचिन पायलट के खिलाफ अशोक गहलोत की बयानबाजी पर कांग्रेस की आधिकारिकता प्रतिक्रिया भी आई है कांग्रेस ने प्रक्षोभ परोक्ष रूप से गहलोत को नसीहत दी और साफ किया राजस्थान पर फैसला लंबित है ठीक है कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि अशोक गहलोत एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता है उन्होंने अपने छोटे सहयोगी सचिन पायलट के साथ जो मतभेद व्यक्त किए हैं उन्हें इस तरह से सुलझाया जाए कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो फिलहाल सभी कांग्रेस जानों की जिम्मेदारी भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी को उत्तर भारत में दमदार बनाने की है ठीक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो में राजस्थान में उभरे सियासी संकट का जिक्र करते हुए कहा कि एक गद्दार सी नहीं बन सकता पार्टी हाईकमान सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकती उसने पार्टी को धोखा दिया है और गद्दारी की है सीएम पायलट पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बीजेपी नेता अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की थी और बीजेपी नेता ने बगावत करने पर पैसा लिया था तो मित्रों आज की टुडे ये ताज़ा खबर थी कांग्रेस सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे वीडियो आपके लिए रोज़ लाते रहें धन्यवाद मित्रों